भी हाँ पर हम आ चुके जिस साड़ी में यहाँ पर जैसा आप देख रहे कई सारी यहाँ भी साड़ियों के मैनुफेक्चर गुजराती टाइप के मतलब दरबारी खास दामों में जैसे कई सारी नई नई डिजाइन अभी आ चुकी है इतनी सारी नई नई वेरायटीज आ रही थी आ, बिल्कुल टाइम नहीं था क्योंकि पूरा पूरा भरा हुआ था और आज हमारे साथ कमल भाई भी आ चुके जो आपको पूरा पूरा यहाँ पे गाइडलाइन देने वाले तो हेलो सर कैसे हुआ आप बस जय बस हर्ष भाई बहुत बढ़िया जय माता जी दोस्तों कमल स्वागत करूचू ओके तो दोस्तों ले, आ, आज आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए कुछ दरबारी टेस्ट जो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे जहाँ पे जो दरबारी टेस्ट हम बनाते हैं जो सबसे ज्यादा गुजरात राजस्थान एमपी में बिकता है तो जिसमें हम लहरिया, okay. बांधनी okay. और सबूरी टाइप के टेस्ट लेते हैं जो मैं आज आपको दिखाऊंगा और दोस्तों खास करके बात यहाँ की है जो फेब्रिक का जो क्वालिटी होती है बहुत ही शानदार है क्यूँकी मैंने आपको आगे की यहाँ पे कई सारी वीडियो दी आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा पसंद की आप देख रहे फेब्रिक आप लचक मालूम कर सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट फेब्रिक अलग अलग-अलग अलग-अलग कलर, अलग अलग अलग डिजाइन में खरीदती तो है और उसपे एक कॉन्ट्रास्ट का ब्लाउज बना लेती है उससे वो पहनती है तो दोस्तों आज हम ज्यादा बात न करते हुए चलो मैं आपको मेरी साड़ियाँ दिखाता हूँ साड़ियाँ दिखाने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ की कोविड नाइन्टीन के बाद जो घर बैठे महिलाएं हैं जो अपने घर में अपने पति का जो भी मतलब पार्ट टाइम जॉब करती है तो उन लेडीज को सपोर्ट करने के लिए आज श्रीजी सारी एक नई फैसिलिटी चालू करने जा रही है वो फैसिलिटी ये रहेगी कि वो घर बैठी महिलाएं अब पहले हमारे यहाँ से मिनिमम पचास साड़ी का पार्सल लगता था लेकिन अब उन मेरी माताओं बहनों को सपोर्ट करने के लिए अब आप मैक्सिमम पांच हजार तक का भी ऑर्डर श्रीजी साड़ी में प्लेस कर मतलब सकते हो मतलब पहले दोस्तों ऐसा हुआ करता था क्योंकि यहाँ पे पूरा पूरा इनका इसी वेब की वेराइटी बनाता था ओनली मैन्युफैक्चरर है जैसे आप देख रहे मिनिमम आपको यहाँ से बीस का तीस का इस तरह से माल लेना पड़ता था बट अभी सर ने मतलब यहाँ पे आप लोगों फैसिलिटी निकाली भाई आप पांच का भी चाहो तो पांच का भी माल मंगा सकते हो क्योंकि फर्स्ट टाइम लोगों को सैंपल चाहे तो भाई सैंपल मंगा ले जैसे अगर अपने एक सैंपल अगर मंगाना चाहिए तो पांच मिला के थोड़ा बहुत मिला कि आपने सैंपल मंगवा लिए तो आपको पूरा बड़ा टेस्ट मालूम पता लग जाता है हाँ, क्योंकि पे सूरत सूरत आने आने की नहीं हाँ, नहीं आने की जरूरत जरूरत नहीं नहीं है और मैं उन, उन भाइयों को भी भाई उनको डरने की जरूरत नहीं सारी एक एसी है सारी सर्टिफाइड होके माल मिलेगा जहां पे आपको सिफोन... सिफोन है वेटलेस है आरी के आबला के सिफोन जापान लेस जापानी जरी वगैरह टोटल आपको टोटल डिजाइने मिलेगी तो मैं आपको ज्यादा बात न करते हुए अब हम डिजाइनों की तरफ चलते हैं तो मैं आपको डिजाइन भी दिखाता हूँ और आपको गाइडलाइंस भी करता जाता हूँ सर तो सर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कई सार यहाँ पे माल पड़े तो सर लम टू लम्प आते सर माल ये जो हम पहले मैं बताना चाहूंगा ये हमारा कच्चा माल ऐसे आता है ये व्हाइट आता है ये पूरा आप देखोगे ये व्हाइट आता है ये ग्रे बोला जाता है ये नाजमीन वगैरह वेटलेस वगैरह सभी का ग्रे खाली फर्क ये रहता है कि वो प्लेन रहता है इसमें ये हम नाजमीन पे वर्क बनाएंगे तो ये नाजमीन पे वर्क है okay. ये अभी मिल से जाएगा मिल से।, अब मील से जाने के बाद ये देखोगे लेरिया ले आया ये देखो okay, लेरिया ये ये ले हाँ, जैसे ऑरेंज कलर है ये गुलाबी है ये रेड है ये फ्लोवर की डिजाइन है आप देख सकते हो ऊपर तक हमारे लेरिया की डिजाइन है मिल से मिल से आने के बाद आपको मैं दिखाऊंगा की जैसे ये हमारे काम करने वाले जो भी है ये देखो ये साड़ी को गड़ी करते हैं इस तरीके okay. से और मतलब कटिंग किया जाता है कटिंग करने के बाद इस तरीके से साड़ी रेडी होती है ओके okay, so सर फिर है। अगर आपको इसमें आपको और चाहिए तो जैसे ये देखो ये हमारे मिल से ये तागे आए हुए हैं ऊपर okay, तो चल के ऊपर तो तो आइए मैं आपको और डिजाइने दिखाता हूँ इसके अंदर ओके तो बहुत ही बड़ा है की यहाँ पे काम रहने वाला मोस्ट ऑफ गुजरात एम और राजस्थान से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको आपका टेस्ट यहाँ पे बहुत ही भरपूर मिल जाने वाला तो ये देखो ये ये हमारा लेरिया है जो अभी सावन वगैरह होली आ रहा है तो ये देखिए ये पूरा मिल से बनके के थैली में पैक ये लेरिया आता है ये पूरा अभी नीचे कटिंग में जाएगा और ये देखिए ये ये देखिए मैं आपको एक आइटम ये और दिखाना चाहूंगा ये देखिए ओके जैसे ये वेटलेस में ये हमारे पास डिजाइन आई है ये देखो ये ज, ये जो आपको मैंने जापान जरी दिखाई है ये देखो इस कपड़े में भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे व्यवरों को दिखाई ये जापान जरिए ये जो अभी सबसे ज्यादा चलती है ऐसे हमारी ये देखो लेरिया है बांधनी है सबूरी बहुत सारे डिजाइन यहाँ पर रहने सब, वाली दोस्तों कहूँगा जल्दी से सर से जुड़ी आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे खासे दामों में वैराइटीज मिलने वाली है कैसे हमारे मिल से जो डिजाइनें आती है तो सुबह मैं यहाँ गोदाम में मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे सब उनका काम होता है ये देखिये ये हमारे यहाँ पे जैसे कोई डिजाइन आई ये देखिये जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा ये जैसे हमारा ये तागा आया पटोड़ा में ये देखिये आप बांधनी ओके okay. ये आया है ये यहाँ से मिल से बनके आता है तो ये ऐसे कटिंग होता है ओके okay. कटिंग होने के बाद ऐसे टाका लग के नीचे जाता है और फिर माल रेडी हो जाता है टोटल okay. आप देख रहे हो ये ये हमारा पटोड़ा डिपार्टमेंट है आइये पहले मैं आपको वेरायटी दिखाता हूँ सिफोन Okay. सर ये सिफोन आता है ये डेली वेयर यूज के लिए और ज्यादातर देने लेने के लिए यूज होता है okay, इसका कट रहेगा हाँ देने लेने वगैरह के लिए यूज होता है ये, ये सिफोन कपड़ा आता है अच्छा बेस का कपड़ा आता है साढ़े पांच इसका हम कट बनाते हैं okay. तो ये देखो ये हमने ये डिजाइन दी है तो आप ये देख सकते हैं ये सबूरी के साथ ढींगली की डिजाइन है definitely, जैसे ढींगली की इसमें आपको 12 कलर 12 कलर मिलते हैं जो कलर कलर, कलर जैसे ये पिंक है येलो है रेड है, है बेबी है। पिंक है ये है तो, इसी चीज हाँ, से मैं आपको बताना चाहूंगा की भाई जो मेरे छोटे कस्टमर है जैसे श्रीजी साड़ी मैन्युफेक्चर के साथ तो जुड़ी है लेकिन उनके साथ छोटे कस्टमरों को भी सपोर्ट कर रहे हैं हम तो उनके साथ एक नई फैसिलिटी ये अलग अलग डिजाइने का होल सेल रेट वन सेवन जीरोगा सौ सितर रुपए इसका रेट है इसमें सर बहुत सारी डिजाइने मिलती है जैसे ये बांधनी की डिजाइन रह गईनी सब अलग अलग डिजाइने आती है सर जैसे की ये डिजाइन है ओके okay. तो ये डिजाइन भी मतलब ये भी आप बहुत ही ये, तो, ये आप देखो देखो तो ये आप देखोगे तो ये बांधने की डिजाइनें आती है ओके okay. बांधने की बांधने की डिजाइनें आती है ये भी अच्छी होगी इसमें और ये एक, भी सर पांच मीटर हाँ, ये सब ये टोटल दरबारी जितना टेस्ट आएगा वो साढ़े पांच आएगा इसमें हमने लेरिया भी बनाया है तो वो लेरिया का लेरिया का बंडल दिखाइए जैसे यहाँ पे आप दोस्तों लेरिया का बंडल आपको सर दिखा रहे और कई सारी नई नई वेरायटीज में दिखा ये देखिए ये देखिए ये देखिये ये लेरिया आता है दोस्तों तो इस लेरिया में हमने एक नया कॉन्सेप्ट दिया है दोस्तों ये जो चीज़ें हम पहले बनाते थे तो इसमें हम लहरिया को प्लेन देते थे okay. लेकिन कुछ ना कुछ नया चीज़ हम देने के लिए इस बार इस बार हमने लेहरिए को दोस्तों ये स्वस्तिक वगैरह और हाथी बनाया जो मतलब दरबारी में मेन माना जाता है राइट सर दरबारी में दरबारी डिजाइनर लुक भी हो, लुक हो जाता है आप ये देख सकते हो इसमें ढिंगली और स्वस्तिक वाली बढ़िया डिजाइन दी गई हुई है इसमें भी आप अगर कलर सर, में बात करो कलर की गारंटी कलर की सर शिफोन वेटलेस वगैरह टोटल जो आएंगे नाजमीन को छोड़ के उनकी हमारी टोटल गारंटी आएगी कपड़ा कटा फटा कुछ भी आएगा तो श्रीजी साड़ी उसे फाइव ईयर तक चेंज करने की गारंटी देती है सर जैसे हम बात करें सूरत तो बहुत बड़ा सिटी बड़े बड़े लोग बैठे बड़े बड़े दिग्गज लोग बैठे लोग आप इससे क्यों जुड़े आप असर सर क्या मतलब सर मेरे से जुड़ने का मतलब है देखो सर हम खुद छोटे से बड़े स्टेज पे पहुंचे हैं तो सर आज अगर मैं भी कोई चीज खरीदने जाऊं तो मैं उस चीज को खरीदने से पहले फैसिलिटी देखूंगा तो हमारी कुछ फैसिलिटी ऐसी है, है कि जो कस्टमर को मतलब इतनी अच्छी मतलब बिजनेस में आगे ग्रोथ कर देते कि वो यहाँ पे हमेशा खरीदते हैं जिसमें कुछ फैसिलिटी मैं आपको दिखाना चाहूंगा सर पहली फैसिलिटी आप ये है कि आप अनुसोटेड माल भी ले सकते हो जैसे कोई डिजाइन में ये जैसे लेरिया में बारह कलर है तो अगर आपको छह चाहिए हो तो आप वो छह भी ले सकते हो दूसरा अगर माल कटा फटा कुछ भी आता है तो फाइव तक की सीजी साड़ी उसे वारंटी देती है चेंज करने की okay. तीसरी फैसिलिटी है तो उसको यहाँ पे अलग अलग करते है और इतने दिन हम मैन्युफेक्चर बनाए तो काफी व्यापारी काफी छोटी महिलाओं का रिक्वायरमेंट आ रही थी की सर कुछ थोड़ा बजट छोटा कीजिए ताकि हम घर बैठे भी चालू कर सकते उनकी रिक्वायरमेंट पर अब हम मतलब घर बैठी महिलाओं को फुल सपोर्ट करने के लिए अब हमारी एक कंपनी हमने चालू की है जो हमारे फ्रेंड की ही है इजी टू फास्ट कुरियर सर्विसेज इस ये कंपनी ऐसी है जो मतलब इस कंपनी के थ्रू अब आप घर बैठे पांच हजार तक के कुरियर भी मंगवा सकते हैं exactly, exactly. मतलब घर माल हाँ, मंगाना चाहते हैं तो घर बैठे महिला भी बिजनेस कर सकती है <laughs> मैं सर ये वेटलेस एक ऐसा कपड़ा आता है जो डेली वेयर का आता है और एकदम सॉफ्ट फेब्रिक आता है ओके इसमें भी मतलब जैसे आप देखोगे चार कलर आ रहे हैं बहुत ही सुंदर कलर आ प्रिंट आप जैसे आप देख रहे हो प्रिंट की भी पूरी पूरी गारंटी रहने वाली सर की तरफ से ये देखो जैसे ये देखिए जैसे ये दरबारी ये साढ़ा पांच आता है ओके okay, सर तो ये एकदम एक एकदम सॉफ्ट और मतलब लचीला फैब्रिक फेब्रिक जैसे दरबारी देखे तो मोस्ट ऑफ गुजरात में बहुत ज्यादा बिकता है गुजरात जैसे सर, उन तो लोगों को लैंग्वेज का एक बेर आपसे बातचीत करने में जैसे आप अगर यहाँ पे हिंदी बोलते हैं, तो हैं मारवाड़ी मतलब है, तो है तो हम मारवाड़ी में भी बात कर सकते हैं हिंदी है तो हम हिंदी में भी बात कर सकते है मतलब यहाँ पे टोटल फेसिलिटी अवेलेबल है कस्टमर को अगर रात को दस बजे भी अगर उसके पार्सल की कोई दिक्कत आती है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी रहती है कस्टमर ट्वेंटी 24 आप भी हमें कॉल कर, सक, कर, exactly. मतलब कर, तो को, कर सकते हो पार्सल संडे एक दूसरी फैसिलिटी और इसके साथ हम ओपन करेगी भाई अब संडे मार्केट भी श्रीजी साड़ी ओपन कर रही है चेज कर सकते हो। ओके सर, ठीक है। तो अभी मैं आपको वेटलेस में लेरिया में डिजाइन दिखाता हूँ जैसे ये एक डिजाइन फ्लोवर की डिजाइन है right. इसमें ये चार कलर आते चार हैं चार कलर आ आते है वाली ओके सर ठीक है दूसरी डिजाइन जैसे हमने डिजाइन सिफोन में भी दिखाई थी ये डिजाइन है वेटलेस में ये देखो आप एटलीस में लेरिया देख सकते बहुत सारे वीडियो देखे होंगे तो मैं हर्ष भाई से एक रिक्वायरमेंट करूंगा इस डिजाइन को थोड़ा झूम करके दिखाई क्योंकि ये जो डिजाइन है ना ये स्वस्तिक और ये हाथी और ये ढींगली ये मतलब फेमस माना जाता है अभी सूरत में फेमस माना जाता है और दूसरा एक आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो नए कस्टमर है जो हमारे सूरत मार्केट में बोलते हैं कि कपड़ा आता है, जो रिंग में से निकल जाता है तो दोस्तों से आसानी से निकल जाता है नहीं। उसमें हमने मतलब एक झीना लेरिया भी बनाया है तो झीना लेरिया आपको डिजाइन बताऊंगा ये देखो ये जैसे लेरिया इसको लेरिया बोलते हैं जो अभी आगे सावन आ है हुँ। हुँ। सावन के बाद जो त्यौहार आ रहे हैं उनमें मतलब ये लहरिया चलता है तो ये प्राइस भी एक वे... मैक्सिमम आपको रेंज बता दू लेरिया वेटलेस आपको दो सौ बीस लास्ट रेट पड़ेगा अब अगर इसमें रेट कम होंगे तो हम कस्टमरों को रेट भी कम करेंगे अगर ज्यादा होंगे तो हम ज्यादा भी कम करेंगे ग्रे होता है इसमें ग्रे की प्राइस अप एंड डाउन होता रहते। उसी छह से हाँ। के प्राइस भी डाउन होती हाँ। रहती आपको यहाँ पे सर मतलब 220 तक उससे उससे ऊपर ऊपर नहीं नहीं जाएगा जाएगा कपड़ा ये देखो जैसे सात कलर है अभी आपको ले दोस्तों ओके जैसे ये देखो ये अभी बांधनी का कॉन्सेप्ट जो होली आ रही है हमारी होली के हिसाब से बहुत जो में भी एक रेड कलर रेड कलर, कलर और ये लड्डू की बाधनी है ये देखो जो लड्डू का जो राजस्थान का जो मेन कॉम्बिनेशन होता है ना ये देखो ये लड्डू की बांधनी साढ़े कट में हमने बनाई साढ़े पाँच में कपड़े और क्वालिटी की फुल गारंटी रहेगी पता लग रहा है लचक से आप देख रहे इतना सॉफ्ट फेब्रिक रहने वाला है ये फुल्ड सॉफ्ट रहेगा कलर और कपड़े की फुल हमारी 5 ईयर तक की वारंटी आएगी वो आपको कस्टमर को टेंशन लेने की जरूरत नहीं अगर कोई कस्टमर मान लेता है तो उसे घबराहट तो, गया, गया। तो मेरे घबराने की जरूरत नहीं है कपड़ा अगर पूरी गारंटी लेते हैं उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं वो आपको मतलब सूरत में एक एक ऐसी ब्रांड है जो मतलब पांच साल की आपको गारंटी देते फाइव ईयर तक की गारंटी उन मतलब सभी मैन्युफैक्चरर को देते लेकिन रिटेलर को भी इसीलिए दे रहे कि भाई वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके उसे कोई दिक्कत ना इसीलिए नाइ फाइव की वारंटी भी है प्लस आपके बल्क, बल्क आपको आप दे सकते हो ठीक है अब इसके बाद में आपको एक ब्रासो क्वालिटी दिखाने जा रहा हूँ तो इसे बोलते हैं प्रिंटेड ब्रासो प्रिंटेड प्रिंटेड ब्रासो जो सूरत में मतलब दरबारी में बहुत कम क्रेज में तो ये देखो आप ये ब्रासो आएगा ये जो दरबारी में बहुत कम क्रेज में चलता है ये देखो ये हमने बनाया साढ़े पांच बारह सौ साढ़े पांच मिनट हाँ, इसमें आप में। ये देखो ये ग्रीन कलर का हमने ये कपड़ा दिया उसपे उस डार्क ग्रीन कलर की पत्तियों का हमने कॉम्बिनेशन दिया है ठीक है इसके भी आ, इसके भी चार कलर आते हैं कस्टमर अगर चार ना खरीद करके मिनिमम दो भी अगर खरीदना चाहे तो वो ये खरीद सकता है ब्रासो। रेडी माल पड़ा है आपको मतलब अगर थोक में चाहिए दस बंडल चाहिए दस बंडल भी मिलेगे चार साड़ी चाहिए तो आप चार साड़ी भी मंगवा सकते हो बस बनती कोशिश आप ये कीजिए कि भाई आप बल्क में माल ले सके ठीक है हाँ अभी उसके बाद में आपको अब इन बर्फबारी में वर्क आता है जैसे आबला आता है आरी वर्क आता है समोसा लेस आता है तो मैं वो आपको दिखाने जा रहा हूँ ओके सर ठीक है अब मैं आपके सामने एक और वेराइटी लाया हूँ कि जैसे आप गुजरात में देखते हो कि वेटलेस के ऊपर झरी आती है जिसे आप जापान जरी के माध्यम से कहते हैं या फिर और अलग अलग नाम से उसे कहा जाता है okay. तो दोस्तों हम दरबारी में भी अब एक सिफोन के अंदर जापान जरी लाए तो देखिए उसके कलर देखिए आप क्या बात है सब तो निकल दर, के आ रहे हैं। दरबारी कलर, कलर आएंगे और इसके की... अंदर ये जरी आएगी okay. मेरे दोस्तों को मैं हर्ष भाई से निवेदन करूंगा की भाई एक पीस खोल के एक झूम करके दिखाएगा तो ये देखिए जैसे इसमें भी हमने ये देखिए दरबारी टेस्ट की जापान जरी ली इसे सिपोन जापान जरी कहा जाता है इस कपड़े में क्या है की बीच में हर्ष भाई झरी आती है ये देखो आप टोटल गुजरात टेस्ट है इसमें आप देखोगे बीच बीच में इसमें झरी आती है इस, क्लासिकल आइटम हाँ, लग जाती है और इसके अंदर देखो आप देख सकते हो रेड येलो ये भी ओपन करके दिखा देंगे जरूर ये भी हम अपने व्यूवर्स को ओपन करके दिखाएंगे रेड में भी आप देख आप रेड में भी देख सकते हो भाई ये जापान जरी बीच में भी है ये झरी आती है बीच के अंदर इसे हाँ ये जरी इजी से निकलती नहीं है घर करेंगे ये दुलाई आप हाँ ना ये धुलाई करोगे तो निकलेगी नहीं लेकिन आप ज्यादा टाइट ब्रश इस पे मत रगड़िए तो अभी इसी में जैसे हमने एक नई डिजाइन बताई है नई डिजाइन बनाइए वो भी मैं आपको दिखाऊंगा जो अभी हिट है जैसे ये आप ये देखते हो ग्रीन कलर में आपको इसीलिए ज्यादा दिखा रहा हूँ क्योंकि गुजरात का फेमस ग्रीन होता है exactly, exactly. इसीलिए मैं आपको हर चीज में दिखा रहा हूँ बाकी आप इसमें और कलर देखना चाहें uh -huh. तो हमारे वीडियो के नीचे विकास भाई का नंबर दिया हुआ है तो आप उनसे कभी भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो विकास भाई आपको ट्वेंटी आवर गाइड कर देंगे और फिर भी आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमल भाई का भी नंबर है तो आप कमल भाई से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो ओके और जैसे तो, आप देखो तो ये देखो ये जैसे आंबावेल इसको बोलते हैं इस आंबावे थोड़ा सा और इसमें हमने आंबा बेलो करके दिखाओ तो ये देखो इसमें पूरी साड़ी में जरी का जरी का बीच हाँ, में आती है इसे सिपोन जापान जरी कहा जाता है इसमें आप देखो तो छे कलर है हाँ छह कलर अगर कोई मेरे भाई बहन या किसी व्यवर घर बैठे बिजनेस को अगर इनमें से कोई एक दो कलर मिसिंग करने और नहीं लेना चाहते तो ये अवेलेबल है कि वो दो कलर इसमे समोसा ले बोला जाता है चीज़िये कि चीज़िये कि तो आगे exactly. उसके आगे जैसे ये आप थोड़ा जूम कीजिए ये देखिए इसको समोसा लेस कहा जाता है ये राजस्थान की लेसे आती है हमारे पास इसको हम सिफोन के ऊपर लगा के तीन लेयर रहते है जैसा इसमें तीन लेयर रहते हाँ, है और ये डिजाइन एक मतलब दिया गया मतलब हाँ, का हाँ, ये गोटा पत्ती का काम और पूरी साड़ी में आएगा ये डिजाइन देखिए आप हम उन्हीं डिजाइनों पे सुपोन समोसा लेस लगा दोस्तों ये साड़ी एक बहुत ही लाइट वेट की साड़ी रहती है मतलब पहनने में बहुत ईजी समर का सीजन सीजन आ रहा था समर में बहुत ज्यादा बिकती है और ये देखो ये पूरी साड़ी में मतलब समोसा लगा हुआ है और हम समोसा लेस उसी चीजों में लगाते जो अच्छी डिजाइन हो ये तक हमारा काम सर एक और बता दो साड़ी का लेस से ले लो या साड़ी से ले लो काम पूरा परफेक्ट आएगा exactly. इसमें भी जैसे ये इतने सारे कलर आते हैं okay. तो आप ये कलर इसमें भी देखो जैसे आपको और डिजाइन है चाहिए तो ये देखो जैसे ये लहरिया ये दस ये दस कलर का लहरिया आता है सर मैं ये भी एक लेरिया आपको बताना चाहूंगा क्यूँकी लेरिया जो रहता है वो बारह मास मतलब फुल सीजन का चीज का लेरिया ये लेरिया हर्ष भाई मैं बोलूंगा की दिखाना चाहे मेरे व्यवहार क्योंकि ये हमारी शॉप का सबसे हिट लेरिया ये देखो आप हाँ, ये ये लेरिया हाँ, मेरे को दोस्तों यहाँ पे फैब्रिक का भी बहुत अच्छा लगा को फैब्रिक भी इतने अच्छे हाँ, इस, अच्छे प्लस काम है डिजाइन अच्छे इसमें छह कलर है आठ से नौ कलर आएंगे आपको जैसे कलर चाहे कलर अगर आप इस छह में से अगर चार भी लेना चाहो तो आप ले सकते हो ये हम भी ये सर्विस हम प्रोवाइड करवाते हैं आभला वर्क आबला वर्क, आबला वर्क तो तक... मतलब अभी देखो इसी लेरिया में हमने ये पाइपिंग लगाई है ये।, ये देखो आप ये पाइपिंग लगाई है और इसी पूरी साड़ी में ये देखो मिरर वर्क और ऊपर धागा किया हुआ आता है okay. ये देखो आप देख सकते हो ये लेरिया है हुँ. और ये लेरिया में पूरी साड़ी में ये देखो आप धागा धागा ये आबला वर्क किया होता है आप दिखाइए हमारे exactly. इसको आबला वर्क बोलता है और ये गुजरात में सबसे ज्यादा बिकता है फिर उसके बाद राजस्थान एमपी में भी अभी सबसे ज्यादा चलना लगा है और इसके देखिये इतने सारे कलर भी आपके सामने है इसमें आपको एक और डिजाइन में दिखाता हूँ हाँ, आपको डिजाइन डिजाइन आपको डिजाएन है और इनमें सब में बहुत सारी मिल जाएगी ओके ठीक है जैसे एक और आपको ये डिजाइन दिखाना चाहूंगा मैं ये देखो रेड कलर में सर आपको दिखा रहा है ये थोड़ा मतलब बड़ी बांध नहीं बोला जाता है इसको ये बड़ी बांध में ये दिखे ये आप क्या बात है ये आबला वर्क वगैरह आता है और इसी डिजाइन में आपको 12 से 13 कलर मिलेंगे आप ये देख सकते हैं अगर आप ये कलर इतने नहीं ले सकते हैं तो मैक्सिमम आप आधा मतलब छह कलर आप ले सकते हैं डेफिनेटली डेफिनेटली हाँ, अब इसी के बाद मैं आपको ले चलूंगा आगे के आइटम जिससे बोलते है त्रिकोण आबला त्रिकोण ये सब वर्क है न मतलब हम मतलब दरबारी आइटम पे बनाते हैं ओके त्रिकोन आबला। त्रिकोन आबला ये देखो जैसे इसमें हमने ये देखो छोटी पाइपिंग दी है जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई ये देखो ये छोटी पाइपिंग हमने इस पे दी है छोटी पाइपिंग दी छोटी पाइपिंग है। के साथ ये मिरर त्रिकोण मिरर कहा जाता है इसको ओके। हाँ इसी साड़ी को भी मैं खोल के बताना चाहूंगा अपने व्यवर्स को ये देखो जैसे ये ये पूरी साड़ी में त्रिकोणावला आएगा त्रिकोण आएंगे मैं आप सभी को बता दू साढ़े पांच पे आता दरबारी जो भी हमारा आइटम होगा वो साढ़े पांच पे आएगा और इसके अलावा हम पटोड़ा जो आइटम बनाते हैं वो जो पटोला में आपको मेरे सेल ऑफिस में दिखा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे गर्ता सर पटोला में पटोड़ा में विथ ब्लाउज आता है वो दरबारी और आप अदर गुजराती जो भी लोग है या एमपी के राजस्थान के है वो उसे ले सकते हैं वो वेटलेस कपड़े में आता है ये हमारा जो पूरा डिपार्टमेंट आप देख सकते हो ये का है इसमें देखो एक जो सबसे हिट चीज है जो अभी बजा, मतलब सूरत में छाया हुआ है वो है आरीवर्क आरी ये देखिए ये आप देखिए ये अच्छे से, से ये पूरा पूरा मतलब एक मशीन से किया हुआ होता है और ये शिफोन और तीस तीस रॉयल जोर्जेट पे भी आता है ठीक है अब ये मैं आपको डिजाइन खोल के बताऊंगा देखो दोस्तों में आपको एक चीज बताना चाहूंगा ये आरी वर्क एक ऐसी आइटम है जो साठ रुपए के काम पे भी बनती है अस्सी रुपये में भी बनती है सौ रुपये में बनती है लेकिन हम जो इस पे आइटम बनवाएंगे वो सौ रुपये का बनवाएंगे अगर उसका आपको सबूत देखना हो तो ये देखिए ये पूरी साड़ी में आबला आरी वर्क आबला आरी वर्क आप देख सकते हैं और साड़ी का जो हमारा श्री का काम आएगा Okay. वो पूरा साढ़े साढ़े पाँच तक जब खत्म होगा उससे बीस पॉइंट पहले तक का पूरा काम पूरा, आएगा पूरा काम पूरा काम आएगा काम में इस, कोई भी काम में नहीं।, कोई नहीं किसी कस्टमर के साथ कोई चीटिंग यहाँ पे नहीं, नहीं, नहीं होगी सही आप जो देखेंगे वही आपको जो देखेंगे वही वही मिलेगा हाँ अदरवाइज कभी ऐसा हो सकता है भाई आप कोई डिजाइन तीस ऐसी चालीस डिजाइन लेते उनमें से अगर एक दो डिजाइन आउट ऑफ स्टॉक रहती है तो उसी के जैसे आपको दूसरी डिजाइन मिल जाएगी अगर वो आपको नहीं चाहिए तो आप उसे कैंसिल कर सकते हैं तो ये देखिए आरीवर्क में एक और नई डिजाइन ये देखिए राइट right, सर ये बढ़िया डिजाइन आएगी सही है ये देखिए क्या बात ये पूरा लेरिया अबलाप्ट म... से बनाई गई जैसे पूरा हाँ। साथ देख रहे ये पूरा पूर, मतलब ये पूरी साड़ी में हमारे काम किया रहता है ये आरी वर्क का काम हो गया right. दोस्तों वाकई में बहुत अच्छे प्लस पांच साल साल तक की हम वारंटी देते हैं साड़ी ओके की। तो सर अभी आपके कुछ और वेरायटी दिखाते हैं तो दोस्तों बनाया है गोटा पत्ती की लेस के साथ बीच में गोटा पत्ती के मतलब वर्क आइटम राइट आप देखोगे जैसा लुक मांगने वाला ये ये जो कपड़ा आएगा ये तीस तीस आता है इसे रॉयल जॉर्जेट भी कहा जाता है रॉयल जोर्जेट बोला पूरी साड़ी में ये देखो Okay. ये मतलब गोटा पत्ती का वर्क आएगा ये ज्यादातर राजस्थान की औरतें हैं या हुँ. फिर राजस्थान के लोग हैं उसे ओढ़नी में यूज करते हैं और पहनते हैं ये देखो ये काम भी आप देखोगे ना तो ये देखो हमारा पूरा काम साड़ी में साढ़े पांच मीटर तक पूरा लास्ट, आएगा लास्ट ये पूरा हमारा जितना भी टोटल आइटम आएगा ना okay. वो साढ़े आता है और इसी में हम थोड़ा भारी कॉन्सेप्ट भी बनाते हैं तो ये आप देख सकते हैं, जैसे ये पिकोक मोर की डिजाइन है मोर की डिजाइन। अगर आपको ये परचेज करनी हो तो okay. आप इसको हम वीडियो पे दिखा रहे हैं तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके हमें बता सकते हैं exactly. ये मोर की डिजाइन है ये देखो exactly. ये पूरा मोर आएगा और ये जो कपड़ा लिया गया हमने वेटलेस जरी लाइनिंग कपड़ा लिया है और इसपे ये जो डोरी का वर्क किया हुआ और उसपे विथ डायमंड लगाए हुए है और ये भी आप हमारा काम देखोगे तो ये देखो पूरी साड़ी पे ये हमारा काम आएगा ये नीचे तक मतलब पूरी जो साड़ी रहेगी वहाँ तक पूर। ये पूरा पांच मीटर तक आपका वर्क आएगा और ये लास्ट में ये साड़ी का ब्लाउज आएगा मतलब ये, ये साड़ी छह तीस की आएगी इसके अलावा भी आपको भारी आइटम चाहिए हो तो आप हमारे व्हाट्सएप पे नीचे कमल भाई और विकास भाई के नंबर दिए हुए हैं आप उनपे कॉल कीजिए और, और डिजाइनों के कॉन्टेक्ट कर सकते है दोस्तों ये देखो ये हमारे पटोड़े का डिपार्टमेंट है आप इसमें देखोगे ये हम छे छे कलर में पटोड़ा बनाते हैं पटोड़ा मतलब ये आइटम हो गया इसमें बांधनी वगैरह ये सब कॉन्सेप्ट आता है और ये भी एकदम मतलब वेटलेस पे बनाया जा है। right. जैसे मैं अभी आपको उस डिपार्टमेंट में लेके गया था जहाँ पे साढ़े पांच कट बनता है लेकिन ये पटोड़े का जितना भी आप डिपांड देख रहे हो मीटर पूरा रहेगा विध ब्लाउज आएगा छ मीटर छ मीटर रहेगा और इसकी भी रेट में आपको व्हाट्सएप पे ही विकास भाई या भाई बता दें ये सब डिजाइने रेडी हो रही है जैसे आप ये देखोगे ये पट्टी लग के माल आया है ये देखो ये जीणी पट्टी जो दरबारी में सबसे ज्यादा बिकती है ये पट्टी लग के आया है और ये अभी सेट वाइज और ये जो हमारे पूरे गुजरात के हैं, जहाँ पे वहाँ पे बड़े मैन्युफैक्चर के पास सूरत से सप्लाई होता है और जैसे ये पटोला में आप एक डिजाइन देखो ना चाहोगे मैं अपने व्यवर्स को दिखाना चाहूंगा जैसे ये एक डिजाइन है अब देखो ये बहुत ही बढ़िया डिजाइन है अभी जैसे मिल से बन के आई है ये देखिए वाके में ये बीच में बांधनी वगैरह ये सब आएगी और खास करके हाँ। दोस्तों फैब्रिक बहुत ही फैब्रिक 100 क्या नाम से शी... बोला जाता है सर इसे पटोड़ा बोला जाता है दोस्तों जाता ये पटोड़ा आप अगर कोई भी चीज व्हाट्सएप पे अगर आप इंक्वाइरी करना चाहो तो इसे पटोड़ा के मतलब माध्यम से आप इसे खरीद सकते हो इसमें आपको डिजाइन है ये देखो ये क्वांटिटी में मिल जाएगी अगर किसी को हजार सारी चाहिए तो हजार भी मिल जाएगी को एक चीज ले जाना इसे बोलते है सेमी वेटलेस सेमी वेटलेस के नाम से हाँ इसमें भी ब्लाउज आएगा और इसकी रेट एकदम मतलब कम रेट पे ही ये मतलब कपड़ा फैब्रिक्स बनता है और okay. इसमें भी ब्लाउज आता है आप ये देखो इस पे भी हमने हुँ. पटोड़ा बनाया है ये देखो आप देख सकते हो इसमें भी ये पटोड़ा की डिजाइन ने आपको दी है okay. ये ये पटोड़ा और इसमें ये देखिए आप लास्ट में ब्लाउज भी आलर इसमें देखो आप एक दो ये छह कलर की रेंजे आती है छह कलर में से अगर आपको चार कलर भी अगर हमारे से परचेज करने तो चार कलर परचेज कर सकते हो ओके सर ठीक है हाँ, इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूंगा तो ये क्या सर चीजें रहने वाली ये सब जैसे डोसी डिजाइन होती है जो बूढ़ी महिलाएं होती है जिनके कोई मतलब घर परिवार में उनके हस्बैंड वगैरह ना रहते हैं तो वो जो लेडीज ये पहनती है तो इसे बोलता है इसे बोलता है डोसी डिजाइन ये ये भी हमने बनाई आप देख सकते हो ये बल्क में डिजाइने रहती है जितना मैंने आपको दरबारी टेस्ट वगैरह बताया पटोड़ा बताया आरीवर्क बताया आवला बताया टोटल हमारे पास ट्वेंटी आवर्स एनी सब तरीके की डिजाइन और क्वांटिटी में मिलेगी और भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप नीचे मतलब हमारे कांटेक्ट नंबर दिए विकास भाई और कमल भाई के आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं तो मैं अब आपसे मिलता हूँ नए वीडियो में नई शुरुआत के साथ जहाँ पे आपको नए नए आइडियाज़ और बिजनेस करने के गाइडलाइंस मैं आपको दूँगा exactly. और अभी के लिए बस मैं आपको तो दोस्तों यहाँ पे सरनत कई सारी वैराइट दिखा दी वाकई में बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत यहाँ पे डिजाइनस रहती है तो दोस्तों आप घर बैठे के सारी सारी वैराइटीज देखना चाहते हैं यहाँ पर कुछ और नॉलेज गेन करना चाहते हो स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर मिल रहा डायरेक्ट सर को व्हाट्सअप कीजिए मैसेज कीजिए आपको घर बैठे सब कुछ चीज़ें मिल जाने वाली घर बैठे आप डिलेवरी भी मतलब वहाँ तक मंगा सकते आपको सूरत आने की भी जरूरत नहीं कर आप वीडियो कॉल करके भी वेरायटीज़ देखना चाहते तो दोस्तों वो फैसिलिटी भी आपको मिल जाने वाली तो दोस्तों आज के लिए इतना ही कलम फिर मिलेंगे कुछ नए वीडियो के साथ कुछ नया कॉन्सेप्ट देखेंगे जय हिंद जय भारत